जी हिंद साथियों स्वागत है आपका एनालिसिस इंडिया में तो दोस्तों हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि आप चाहे कुत्ता पा लीजिए चाहे आप बिल्ली पा लीजिए यहाँ तक कि आप शेर भी पा लीजिए चाहे तो आप डायनासोर पा लीजिए मगर दो चीज़ें मत पालना पहला सांप और दूसरी गल्फफहमी पर पाकिस्तान ने दोनों चीज़ें पाल रखी हैं कैसे चलिए मैं आपको समझाता हूँ पाकिस्तान तालिबान का हमेशा से समर्थन करता आया है भले ही खुलेआम उसने समर्थन नहीं किया है लेकिन अंडर द टेबल हमेशा समर्थन करता आया है और उससे ये उम्मीद रखता आया है कि जब तालिबानी सतह अफग़ान पर होगी उस समय अफ़गान हमारी कश्मीर फतह करने में और टी टी के जो आतंकी हैं उनका सफ़ाया करने में हमारी मदद करेगी टी टी यानी तहरी के तालिबान पाकिस्तान जिन्हें हम सरल भाषा में पाकिस्तानी तालिबान भी कह सकते हैं और इसके लिए टीटीपी के जो लीडर्स हैं उनके सफाया करने के लिए पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते ही एक लिस्ट भेजी जिसमें जो टीटीपी के प्रमुख लीडर्स हैं उनको या तो मार दो या गिरफ्तार कर दो कुछ भी कर दो बस आगे नहीं बढ़ने देना है इसकी लिस्ट भेजी और ठीक दो या तीन दिन बाद तालिबान ने उनका जवाब देते हुए कहा कि ना तो हम टी के आतंकियों को मारेंगे और ना ही हम आपकी मदद करेंगे हम किसी भी देश के ख़ास तौर पर पाकिस्तान के आंतरिक मामले में दखल नहीं करेंगे अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तालिबान ने कहाँ पाकिस्तान को धोखा दिया है वो तो और भी अच्छा है कि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो चलिए मैं आपको आज की अपडेटेड न्यूज़ सुना देता हूँ दरअसल न्यूज़ एजेंसीों से न्यूज़ ही निकल के आ रही है कि पाकिस्तान अफग़ानिस्तान से लगने वाला चमन बॉर्डर सील कर रहा है और पाकिस्तान का कहना है कि हमने शरणार्थियों को रोकने के लिए बॉर्डर सील किया है पर दोस्तों जैसा पाकिस्तान कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है और जैसा तालिबान कह रहा है वैसा भी कुछ नहीं तालिबान की तो स्थिति हो रखी है कि खाने की दाँत अलग और दिखाने की दाँत अलग है अब तालिबान कह कुछ और रहा है कि हम आपके आंतरिक मामला हस्तक्षेप नहीं कर रहा है लेकिन पाकिस्तान की तरह अंडर द टेबल तहरी के तालिबान को समर्थन जरूर करेगा आपको मैं स्क्रीन पर एक मैप प्रोवाइड करवा रहा हूँ जिसमें आप देख रहे होंगे कि जो पाकिस्तान का मैप इसमें जो रेड कलर वाला एरिया ये है ये हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एरिया और अगला ये जो मैप है जिनमें मैं येलो सर्कल वाली जो बॉर्डर दिखा रहा हूँ ये हैं चमन बॉर्डर और ये सील की है और हैरानी क्या होगी बताए इसमें सिर्फ ये बॉर्डर सील की बाकी सारी बॉर्डर खुलिए मतलब इसमें आवाजाही बाकी सभी में हो रही है लेकिन इसमें बिल्कुल आवाज आई नहीं बिल्कुल सील करती है अब आप समझ गए होंगी क्यों सील की अगर आपको लग रहा है कि तहरी के तालिबान का तालिबान समर्थन नहीं कर रहा तो ये बॉर्डर क्यों सील की भाई सील करते तो पूरी सील करे अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान ने ये बॉर्डर क्यों सील किया अब पाकिस्तान को डर ये लग रहा है कि कहीं तालिबान तहरी के तालिबान पाकिस्तान को हथियार वगैरह सप्लाई ना कर दे अब आपको लग रहा होगा कि आखिर पाकिस्तान टी से इतना क्यों खबराया हुआ है उसके लिए पाक क्यों तालिबान की मदद मांग रहा है मैं आपको बता दूं कि जब से अफ़ग़ानिस्तान में तालिबानी कब्जा हुआ है उस समय से लेकर टी लगातार दूसरे या तीसरे दिन बहुत बड़े बड़े हमले कर रहा है और जिसमें पाकिस्तानी चले, चले चले उसके साथ साथ चीनी नागरिक भी मारे जा रहे हैं और छोटे मोटे हमले तो पाँच छः घंटों के बाद लगातार होते ही जा रहे हैं और लगातार पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया जा रहा है और टीटीपी ने खुला कहा है कि हम अफगानिस्ट तालिबान की तरह पाकिस्तान की सतह को भी हटा करके वहाँ पर शासन करेंगे आपको तो पता ही होगा कि चोर चोर मौसर भाई चाहे पाकिस्तान का तालिबान हो या अफ़गान का तालिबान इनका लक्ष्य और काम एक ही है तालिबान पाकिस्तान का समर्थन करना तो छोड़िए उसकी विपरीत पाकिस्तान की सरकार को अपनी सतह बचाने का भी डर सताने लगा है अब यही पाकिस्तान कभी कहा करता था कि तालिबान हमारी कश्मीर फतेह करने में मदद करेगा लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि पाकिस्तान कश्मीर को फतेह करता है या तालिबान पाकिस्तान को फतेह करता है खैर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को तालिबान का समर्थन करना चाहिए था या नहीं अपना व्यू पॉइंट कमेंट में ज़रूर बताना सेसन अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना और ऐसे ही सेसन्स प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एन जय हिंद